जो टेररिज्म है वो हमने देखा कि मुंबई में भी था दिल्ली में भी हुआ और हैदराबाद में भी हुआ तो टेररिज्म की कोई बाउंड्री नहीं है आइडियोलॉजी है और हमारा ये मानना है कि ये जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से ये टेररिज्म होता है जहां भी होता है इंडिया में खास तौर से होता है तो इसको हमें टैकल करना है ड्रोन अपने आप टैकल हो जाएंगे पाकिस्तान ने इस तरीके का जो जो इंट्रोडक्शन की है इस पूरे खेल के तो उसके क्या डायमेंशन हो गए अब हम हम लोग आतंकवादी तो सपोर्ट करते नहीं है तो हम उन्ही ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे एयरफोर्स में और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है तो पहले आना। कोशिश की एक दहशतगर जो उन्होंने पक्का उनको यकीन था उनके मुकाबले कि पाकिस्तान के, के लश्कर तयबा के लिए काम करते हैं उसकी एक आईईडी के साथ उसे गिरफ्तार किया था जो कि उसने हमले में इस्तेमाल करनी थी और करनी भी कहां पे थी जहां पे सबसे ज्यादा रश हो अच्छी जो दिलबाग सिंह साहब हैं ये कह रहे हैं कि इस गिरफ्तारी का अलग है हवाई तलक नहीं है लेकिन क्योंकि लश्कर तयबा का नाम जोड़ना था उन्होंने तो एक, एक बता आपकी आपको लगता है कि कश्मीरी आ, चाहे तो वो ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो वो आ, अपने आप पे साइड बेल्ट लगा के अपने आप को फाड़ सकते हैं या थाने में बम धमाका करा सकते हैं और पुलवामा तो कर सकते हैं तो याद रहे की बलूचिस्तान में बी एल एसा कर सकता है याद रहे कि भी तो चाहता नहीं है दूसरी तरफ ये लश्कर का नाम ले रहे हैं ताकि वो पर जो मसला मारा हुआ वो ग्रे से ब्लैक में चला जाए आपको याद होगा खत्म होने के बाद आजाद कश्मीर में खताब करते हुए कहा था अगर पाकिस्तान वाली साइड में हिंदुस्तान ने किसी किस्म का हमला हुआ तो उससे कश्मीर कोज को नुकसान पहुंचेगा तो पाकिस्तान ने पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल किया है और वहाँ से पाकिस्तान सरहदों से इसल पहले फेंकता था ताकि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें ये मिले पहले उन्होंने कहा जी ये वाक़ इस तरह का हो चुका है दो में जब पंजाब में अमृतसर के मतलब एक गाँव में वहाँ पर एक उनका जो ड्रोन उन्होंने गिरा उन्होंने निकाला मलबा और कहा जी ये हमें मिला एक ड्रोन ड्रोन का इस्तेमाल होगा और ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पर पर होगा, होगा, होगा, होगा, होगा, होगा, होगा। आतंकवादी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स पे पे पे पे पे सईद के के के घर पे के घर पे पे ऐसी जगहों तो उसको आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब यूनाइटेड तो तो, तो पीछे जाएंगे और आप उसके, उसके, उसके कर्ज उतारने है, तो न्यूक्लियर वेपन फॉर सेल कर दो वो कैसे अमेरिका अमेरिका अपने आप में दखल देने की हमें ज्यादा देता है मैं तो ये कहूँगा कि कैन न्यूक्लियर पावर अगर आपके पास ज्यादा है हमारे पास इतने ज्यादा रखने की जगह भी नहीं है तो सेल इट और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो आपका पूरा का पूरा कर्जा उतार देंगी और आपको शायद ऊपर दे देंगे अब अगर एक ड्रोन गया उसने जाके एक राइफल अगर कहीं टैंकी भी है तो आप समझते हैं कि उससे कोई वहाँ पे इंसर्जेंसी चलाई जा सकती अगर आप सौ लोगों में से एक आदमी को कोहशत वैली में बहुत कम होगी बहुत सारे आतंकवादी और एक कश्मीरी लश्कर तौबा का एक आतंकवादी कल ही मारा गया है चीमा साहब समझते हैं पाकिस्तान समझता है की उसका स्टेटस अलग है तो क्या पाकिस्तान ये समझता है कि स्टेटस अलग है तो वो दहशतगर्द नहीं बनाएंगे नहीं मैं हम कहते हैं हमने काम कर दिया खत लिख दिया अब उसका जवाब आता है नहीं आता उस पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता तो क्या डॉ ये हमारी कमजोरी है बहुत बड़ी है और हमने तमाम एक्शन पर इसी तरह अगर आर्टिकल 370 और थर्टी फाइव को ख़त्म किया भारत ने तो हमने चिट्ठी लिख के खत्म कर दिया मामला सेक्रट्री जनरल को लिख दी सेकटरी जनरल उठा के बेशक उसको गद्दी की टोकरी में डाल दे तो ये इस तरह के काम हम करते हैं जो मेरा ख्याल है कि मुनासब नहीं अगर हमारा फॉरेन टिक कामयाबियां और हमें नहीं हुई दिस इज वॉट आई एक्सेप्ट रियालिटी लेकिन उसकी नेचर चेंज नहीं हुई हमारी स्ट्रेंग और आपकी स्ट्रेंथ में फर्क ऊपर नीचे हुआ वो एक और चीज है लेकिन कल सा जो कश्मीर में एक पोजीशन है उसमें अगर the people have a right, उनको हक़ वो अपनी आवाज़ लेकिन बलूचिस्तान no अगर भारत के अंदर कोई बंदा किसी और टेरिटरी में कोई वेपन उठाएगा और भारत की सरकार के खिलाफ कदम उठाएगा तो मैं समझता हूँ उनको क्रश कर देना चाहिए एलिमिनेट कर देना चाहिए दो दिन पहले एक पास एक ग्रेनेड फेंक के एक आदमी चला गया और फिर ये ड्रोन की घटना हो गई तो ये कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि पाकिस्तान बहुत परेशान है कि अगर कश्मीर के अंदर पीस हो गया कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान की का जो कंट्रोल है वो खत्म हो रहा है अभी पाकिस्तान तो बहुत परेशान है कि तीन सौ सत्तर जो उनके जो नुमाइंदे थे वो सब जेलों में सड़ रहे हैं अब इसको आप पाकिस्तान से उड़ाएं तो उसके अंदर बहुत खतरे हैं आप वैसे एम ए टी की ग्रिड लिस्ट पे हैं और उसके बड़े सारे अलग बैंक तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि कश्मीरी टेररिस्ट को आप ये मुहैया कराइए और आप उनसे ये कार्रवाई कराइए सिम्फेटाइजर पाकिस्तान के यहाँ भी बहुत सारे हैं और इंडिया के सिम्फाइजर पाकिस्तान में बहुत नहीं है की वो ड्रोन किस साइड से आया था क्या आया था तो उसके बगैर पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देना कहा तो जाती है तो सक्रिय है उन सबके हेडक्वार्टर पाकिस्तान के अंदर शरियान है और उन हेडकोर्टरों के बाहर पाकिस्तान, पाकिस्तान की पुलिस का पैरा लगा होता है अभी हाफिज सईद के घर के सामने बॉम्ब्लास्ट हुआ और उसी के घर के आसपास पाकिस्तान की पुलिस का पैरा था तो पाकिस्तान जो है इनको सपोर्ट करता है इनकी ऑर्गेनाइजेश तो के अंदर ड्रोन हमला करती है तो ये कहना की इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है इसमें टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही करे जा रही है और मेरे जैसे लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानेंगे चाहे आप खुद करें या आप किसी से करवा दें उंगली आप की तरफ जाएगी और उस उंगली आप की तरफ जा रही है कोई आप नया काम नहीं कर रहे तो उसके से आप यही करते आएंगे और अभी एफ ए टी एम का डिसीजन हो असली रंग दिखा दिया। तो आपने देखा है की इंडिया ये सी ओ को एफ ए टी एफ के साथ लिंक उसका एम ओ यू करा दिया जाए कोई ताकि पाकिस्तान को जो है वो मजीद उसके ऊपर क्यूँकी पाकिस्तान एस सी ओ का हिस्सा है तो शायद हम मजीद तंग कर सकते हैं पाकिस्तान को अगर एफ ए टी एफ और एस सी ओ का मुदा हो जाए और दूसरी तरफ अभी हमें ये भी पता है कि जब एफएटीएफ की बात है तो आखिरी एक पॉइंट हमारा रह गया है वो थर्टीन सेवनटी थ्री ये के बारे में रह गया वो भी हाफ सईद और इन चीजों में है सो so, इंडिया ने तो अपने आप को कंसनट्रेट किया हुआ है सर वो तो बिल्कुल डायरेक्टली सोच रहे हैं और उनकी जो डिप्लोमैटिक कोर है वो तो उसी तरह काम कर रही है तो हमें हम इतनी कंसेंट्रेशन क्यों नहीं रख पा रहे हमने अपने डॉसियर को भी फॉलो नहीं किया मेरी बड़े इंडियन से बात कहा जी आपने डोसियर दे दी है कुछ मीडिया को हम देखते हैं हमें कौन पूछता है हमें कौन पूछेगा हम ये देखेंगे तो ये जो कॉन्फिडेंस है हमें हम कंसिस्टेंसी हम तो कैसे लेके आ सकते हैं मीडिया भी उस तरह नहीं उछालता और गवर्नमेंट का तो सर्वे सही सीले भी आपको अभी तक पे रखा है। क्योंकि आप जो कहते हैं नजर कुछ है। और ये सबको नजर आती है कोई अब नहीं है सिर्फ तो तो पाकिस्तान को नजर नहीं आती है और पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है तो सबसे बड़ी जो गलती पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने मीडिया को कंट्रोल कर सकता है लेकिन दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकता आजकल हर चीज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस की सर्वेलेंस है बहुत तरीके हैं, से सर्विलेंस है, आप चीज को छुपा नहीं सकते आप अपने लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं की सोलह दिसंबर को आपकी फौजे हथियार डाल रही थी और आपके पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन थी कि हम जीत रहे हैं तो ये काम पाकिस्तान में हो सकता है लेकिन दुनिया को पागल नहीं बनाया जा सकता है बिल्कुल अगर हम आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे पाकिस्तान उसका जवाब देगा और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है ऐसा हमेशा से बताया पिछले सत्तर साल से यही हो रहा है और हर बार ये एट द एंड ऑफ द डे दी प्रूव हुआ है कि पाकिस्तान ने गलती करी आपने चाहे 47 48 की लड़ाई हो वो आपने आपने आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज किया आप ये कहते हैं कि क्योंकि कश्मीर में मुसलमान है इसलिए वो पाकिस्तान होना चाहिए और हम ये कहते हैं कि वहां पर हिंदू सिख और मुसलमान सब रहते हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और हम आपके आइडिया ऑफ पाकिस्तान को रिजेक्ट करते हैं हम आप लाइंस पर आपको वो जगह नहीं दे सकते बताए तो ये जो वजी बैठे हैं या जो हमारी आर्मी बैठी हुई ये किस काम की है भाई हम तो कौन ये तो कोई इलेक्शन ना जीत पाए कोई घर से बाहर निकल पाए अगर इंडिया को रिस्पॉन्ड न किया एंड सेम इज विद इंडियंस मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके भी वहां इसी तरह का टेम्परेचर अगर पाकिस्तान से कुछ होता है तो आप कहेंगे भाई ये जो पाकिस्तान से जवाब आया कुछ तो किया है तो इनको जो है वो हिट करना चाहिए और उसके भी। ऐसा नहीं, नहीं होगी तो ये पिटाई होगी तो क्यूँकी इमरान खान ने बोल दिया है कि के आने से गड़बड़ हुआ है कि तो नरेंद्र मोदी के आने से गड़बड़ और होगी क्योंकि तो आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा की आपने खिलौने क्योंकि वो भारत की सरकार और भारत की सोवरेनिटी पे बहुत बड़ा हमला और मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा वेन इट कम्स दिस इज माई परस्पेक्टिव एंड दिस इज आई एम टॉकिंगल उस पर बात कर रहा हूं